तो हेलो स्टूडेंट आर्मी कैसे हो आप सभी तो अपना होमवर्क करके आए हो ना यानी कि लास्ट गेम प्ले देखे ना यार आप लोगों ने तो अभी तक नहीं देखे तो क्या कर रहे हो यार ऊपर आई बटन में मैंने दे रखे हैं जल्दी से जा देखो ठीक है यार तो हमने लास्ट में यार यहीं पे अपना मैच लीव करा था ठीक है और यार यहाँ पर हाथ से एक सेकते से यार जो नेक्स्ट इसका चेक पॉइंट था यार वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे और तो तीन चेक पॉइंट हमारे भाई ने क्लियर कर लिए थे यार ठीक है तो यार तीन चेक पॉइंट क्लियर करने के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई नहीं करेगा क्या आ गया यार मुश्किल है तो यार जरूर करेगा यार चैलेंजेस सही तो यार जिंदगी अच्छी होती है और यार हम तो वैसे भी गेमर्स हैं चैलेंजेस नहीं लेंगे तो यार व्यूज व्यूज कुछ नहीं आना हमारे पास ठीक है तो यार यहाँ पे अपने पास वेपन थे लास्ट टाइम जो दूसरे वाले बंदे थे तो मार के तो यार यहाँ पे शुरू किया स्टार्टिंग के सोल्जर्स को पेल देता हूँ मैं बड़ी ही ईजिली ठीक है यार और अब की बारी यार मेरा एक चैलेंज है कि यार मैं डैमेज लेता हूँ या नहीं लेता आखिर तक तो यार आप ज़रूर देखना कि मैं कितना डैमेज लेता हूँ या फिर कितनी बार मरता हूँ तो यार ये भी एक अलग ही चैलेंज है कि यार आपको हेल्थ ही नहीं लूज़ करनी यार ठीक है तो यार यहाँ पर अपना पाँचवा सोल्जर भी आ जाता है तो यार इसको तो घूसे घूसे से पेलता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ यार क्यों अपना यार वेपन वेस्ट करा यारे यार को ये चीज़ समझ नहीं आती कि यार वेपन मारने से उसकी वेपन की हेल्थ कैसे कम होनी है यार इस लो छोड़ यार और मैं सीधा यहाँ पे भागता भागता आता हूँ मैंने सोचा यार बहुत हो लिया चुपन छुपन छुपाई अब सीधा यार भाग के मारेंगे इनको ठीक है तो यार अब मैं इनको सबको बुलाता हूँ यार सबसे पहले नीले वाले को पहलता हूँ भाई इसने यार मेरे को बहुत बार मारा है और यार अब की बार मैं सच्ची में गुस्सा चढ़ गया था तो यार इसको मैंने बहुत गंदी मौत मारा यार सारे चेक पॉइंट्स पर अब ठीक है तो यार देखना यार कितनी गंदी मौत मारा है तो यार इन सबको मारूंगा अब की बारी क्योंकि यार मैंने बहुत गुस्सा चढ़ रखा है लास्ट गेम प्ले में यार बहुत टाइम लग गया था फिर भी मैं यार क्लियर नहीं कर पाया था यार मैं यार चलो छोड़ो यार उसके बाद यार ये बंदे यार अपने अलग अलग वेपन लेके आ रहे हैं मैं यार निहत्था लड़ रहा हूँ पर फिर भी यार इनको शर्म नहीं आती क्या है इनको भी होमवर्क देना पड़ेगा क्या तो चलो छोड़ो यार इनको यार अच्छा खासा पेलता हूँ यार मैं ठीक है किसी गुद्दी पर लात मारता हूँ किसी को गुस्सा मारता हूँ तो यार अलग अलग यार ये जैकी चैन का असली भक्त है ठीक है तो यार डैमेज ये यार नीले वालों ने डैमेज दे दिया ना तो यार यहाँ पे अपनी स्टेक ख़त्म हो गई विदाउट डैमेज वाली तो चलो छोड़ यार इसको मार के तो जाना है ही क्योंकि इसने अपनी स्टेक ख़त्म कर दी और यार ऐसे ही हम भेजेंगे नहीं ठीक है तो यार घुसे घुसे इसके थोपड़े हो बजाऊँगा तो यार ये पता नहीं यार ये कौन सा वेपन ले बैठा है पर फिर भी चला चलाने का मौका ही नहीं दे रहा मैं इसी घुसे घुसे लात लात बजाया जा रहा हूँ यार इसके थोपड़े पर यार मुँह सा सूझ गया वो सच्ची बता रहा हूँ तो यार अब सच्ची में इसकी किक देखिए यार अपना वेपन ले लिया इसके हाथों से ठीक है तो यार अब की बार मेरे को यार बहुत गुस्सा चढ़ रखा था पर फिर भी मैं पैनिक नहीं था तो यार इस चक्कर में यार ये लेवल बहुत इजीली क्लियर हो गया ठीक है जितना मुश्किल मेरे को पहले लग रहा था है ना यार उतना मुश्किल यार बिल्कुल नहीं है अगर आपको थोड़ा सा यार आपके अंदर ज़िद्द होनी चाहिए यार बस कि मेरे को हाँ भाई एक लेवल क्लियर करना है तो यार आप लेवल क्लियर कर जाओगे जैसे मैंने करा और लास्ट टाइम मेरे अंदर ज़िद नहीं थी मेरे को बस ये था कि भाई गेम प्ले बनाना है ठीक है तो यार जिद भी होनी चाहिए मेरे को अभी ये पता चला है ठीक है तो यार यहाँ पे अच्छा खासा मार यार मैंने इन सबको और भाई मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इनको मारने के बाद क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में पूरा यार इन्हीं के ऊपर बेस्ट थी और यार वो वीडियो चलो अब छोड़ो यार क्या ही बात करनी लास्ट वीडियो की इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो यार इन सबको मारने के बाद नेक्स्ट चेक पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ जो यार कुछ ही मीटर दूर था पर यार मैं सोचता हूँ कि यार थोड़ी अपनी हेल्थ वेल्थ फुल कर लेते हैं क्या अब आगे ज़्यादा ही बंदे मिल गए तो यार मरने के चांसेज़ हैं और मैं फिर से नहीं करना चाहता यार ये सारे लेवल्स ठीक है तो यार अभी यहाँ पे अपनी हेल्थ वेल्थ पूरी कर लेता हूँ तो यार हेल्थ रिकवर्ड भाई जल्दी होगी क्योंकि यार हेल्थ बहुत कम ही लूज़ हुई थी मेरी ठीक है यार तो यार आराम से यार अब आगे चलते हैं तो अस्सी मीटर दूर है लास्ट चेक पॉइंट अपना और इसको भी आसानी से एकम्प्लिश कर लेंगे आपकी बारी तो यार मैं सोच रहा हूँ यार ये इन लोगों का यार दर्द वर्द नहीं होता होगा यार इनका खून भी नहीं निकल रहा है यार ये इतने अच्छे से घुसे घासे बजा रहा है यार इनके और क्या पता यार निकलता भी होगा तो मेरे को शायद पता नहीं चल रहा क्योंकि यार ये सीन इतना ठंडा है यार खून जम गया होगा निकलते यार एक तो यार इनकी ड्रेसेज यार इतनी मोटी मोटी ड्रेसेस यार, यार सही ड्रेसेज मिल रखी हैं इनको पर पता नहीं ये फेस मास्क क्यों नहीं लगाते यार इतनी ठंड में फ़ेस मास्क जरूर लगाना चाहिए यार आर्मी वालों को पता नहीं यार एनकोर गेम्स ने क्या ही सीन करा है पर चलो छोड़ो यार अच्छा किया जो भी किया है और अभी और भी अपडेट्स आने वाले हैं तो यार मेरे को लगता है अच्छी खासी गेम बन सकती है अभी ठीक है तो भाई लास्ट में ये इस लेवल पर भाई एक ही बार पहुँचा था हमें ठीक है और भाई मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ रखा है मैं इनके एक कोहनी कोहनी बजा देता हूँ और यार ये ना इस लास्ट है या फिर सेकंड लास्ट है चेक पॉइंट तो यार आप जल्दी जाके अभी कमेंट सेक्शन में बताओ ठीक है यार और अभी लास्ट वीडियो पे यार मेरे एक कमेंट आया था कि भाई चैनल सब्सक्राइबर प्रमोट कर दो मेरा भी मैंने आपका कर दिया है तो भाई बेशक चैनल छोटा है पर यार ऐसा नहीं हो कि यार सब फॉर सब करूँ ठीक है यार तो यार ये बात ज़रूर याद रखना वी डोंट डू सब फॉर सब ओके एंड लाइक फॉर लाइक एंड ऑल ठीक है तो यार हम अपनी मेहनत से करेंगे सब कुछ ठीक है हमें ऐसों की ज़रूरत नहीं है हाँ ज़रूरत है भाई सब्सक्राइबर की पर भाई ऐसे सब्सक्राइबर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे को ठीक है तो यार यहाँ पे अब भाई ये नीले वाले यार बहुत ज़्यादा हेल्थ लूज़ कर रहे थे मेरी और भाई मैं अभी इनके ही भाई बंधुओं को पेल के आया था नीचे तो यार ये कौन से बच्चे हैं ये कौन से बने इनको भी यार सही अभी इसके ट्रक में मुंह लगाते हो यार और यार क्या ही दर्द हुआ होगा यार इसको चलो छोड़ यार अब यहाँ पे अपने वेपन्स कलेक्ट कर लेता हूँ पर यार लॉड आउट फुल है तुम्हारे भाई का तो यार ये पे है, पे है पे अपना लास्ट चेक पॉइंट और यार यहाँ पे, पे, पे, पे कॉल सेंटर भी है कॉल बूथ यार जो भी कह लो यार उसे पर फिर भी यार यहाँ पे है वो ठीक है और यार मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जब मैं गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि यार मेरी हेल्थ कम थी भाई लास्ट चेक पॉइंट था ठीक है और भाई क्या ही बताऊं यार जैसे तीनों भाग है ना यार मेरी तरफ और यार जैसे ही रेड हो जाते हैं भाई मेरे को लगता है अब मैं गया ठीक है क्योंकि रेड होती है यार ये लोग मारना शुरू कर देते हैं तो चलो छोड़ो यार अब भाई मैं यहां पे बहुत ज़्यादा खुश हो गया ठीक है क्योंकि यार मेरे को अब यही लग रहा था यार लास्ट चेक पॉइंट है ठीक है लोड आउट फुल होने के चलते भाई मैं और वेपन ले भी नहीं सकता था ठीक है तो यार आपको क्या लगता है मैं सही हूँ या नहीं तो यार अभी तक तो नहीं हूँ क्योंकि यार अभी एक लास्ट बॉस ज़रूर आने वाला है क्योंकि यार एक कैंपेन मोड है ही ऐसा इतनी जल्दी थोड़ा ख़त्म हो जाएगा यार कैंपिंग मोड ठीक है तो यार सबसे पहले इस अपने चेलों को भेजते हो सबसे छोटे वाले चेले ग्रीन सोल्जर्स ठीक है तो आई डोंट नो ए कौन सी कंट्री के और भाई ये ना इनका लास्ट अटैक था ठीक है इसके बाद अब मेरे को यार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई मैं अब वापस नहीं करने वाला ये सब या तो गेम डिलीट होगी या कैंपेंगे मोड कंप्लीट होगा कोई एक ही चीज़ होगी यार ठीक है तो यार ये या फौजी वाले एनकोर गेम्स वाले खुद आए है कहते हैं भाई गेम डिलीट मत कर दियो पर यार जल्दी आके एक कैंपिंग मोड पूरा कर ले ठीक है और भाई बॉस की एंट्री तो यार बॉस आता या तो यार बहुत ज़्यादा स्टाइल में है पर यार देखना तुम्हारा भाई इसका क्या मुंह तोड़ता है यार सच्ची बता रहा हूँ यार पहली बार में मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि एक तो मेरी हेल्थ यार इतनी अच्छी खासी थी है ना यार देखो यार बिल्कुल रेड है और रेड माने सबसे अच्छी हेल्थ है ना यार तो चलो छोड़ो यार हम तो वैसे ही फिलियर लौंडे हैं हमें रेड कलर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें रोज एग्जाम पेपर में रेडी मिलता है चलो छोड़ो उस बात को अलग रखते हैं तो यार यहाँ पे इसको सही घुसे घुसे बजा रहा था और यार जितने बड़े सोल्जर होते हैं यार उनको उतने ही कम लगते मिलते हैं पर पता नहीं यार ये चीज़ क्यों है अब चलिए यार इस मूवी को सुनते हैं और एकजुट भूल लामा अहमद बस एक काम करना बाकी है इसे इसकी सही जगह पहुँचाना है रवि करण सुनील और जावेद के लिए वो इसे घर वापस पहुंचाने के लिए शहीद हुए सर आज आपने मेरी जान बचाई है समझ नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मुझे शुक्रिया मत को अहमद फौजी यही तो करते हैं। जहां भी भारतीय ध्वज लहराता है वहां हम अपनों की हिफाजत करते हैं मुझे गर्व है मैंने आपके साथ इस देश की सेवा की है सर अभी काम खत्म नहीं हुआ है अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है कम्स एंड तो यार अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना ठीक है नहीं तो आपको आपके एग्ज़ाम में जीरो मार्क्स दिलवा दूंगा ठीक है और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार अपने दोस्तों और भाई बंदों के साथ ज़रूर शेयर करना और भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और एक अच्छा खासा कमेंट जरूर करके जाना अगर आपको कमेंट्री वमेंट्री अच्छी नहीं लगी तो गाली लिख देना और भाई अच्छी लगी हो तो अच्छा कुछ लिख देना ठीक है और भाई इसी के साथ मैं आपसे टाटा